चमगादड़ो से संबंधित रोचक तथ्य फैक्ट नंबर वन चमगादड़ गुफा से निकलते समय हमेशा बाएं हाथ मुड़ते हैं फैक्ट नंबर टू चमगाड़ो की एक छोटी बस्ती एक साल में एक हजार किलो कीड़े लिए जा छ करोड़ खटमल खा सकती है फैक्ट नंबर थ्री एक चमगादड़ एक घंटे में छह सौ खटमल तक खा सकता है जो एक मनुष्य के एक रात में अठारह पीज्जा खाने के बराबर है इफ यू Please click on the like button write a comment and subscribe to my channel